इस कैसे आप लोग आई हो सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होने चाहिए तो आज ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मतलब अप्रॉक्स दस बज रहे और अभी हम लोग जाने वाले हैं पहाड़ पे और बहुत दिनों बाद मतलब पहाड़ पे जा रहा हूँ मैं बहुत दिन से पहाड़ पे गया ही नहीं था तो अभी पहाड़ पे चलते आज जाके एक बैकअप बनेगा कि वो भाई का फोन आएगा और उसका ब्लॉग आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना तो उसके लिए चलते। अभी चलते हैं अभी पहाड़ पर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और नीचे सब लोग खड़े मैं ऊपर आ गया ब्लॉग शूट करो नहीं तो कहेंगे कि तू ब्लॉग के लिए ही जा रहे क्योंकि मैं उन बोला कि कुछ अलग नहीं खाते मतलब हम लोग बहुत टाइम से पहाड़ पे गए ही नहीं थे ना तो फिर अभी चलते फटाफट से आइसक्रीम ले जल्दी जल्दी कौन ले रहे यार, दे रहे यार तू नहीं ये कूलिंग खत्म हो जाएगी कूलिंग खत्म लाइट भी चला गया कौन <laughs> कौन कितना चाहिए तीन तीन, तीन वाली चोको बारी है जो हम दोनों लेते हैं इसको इसको मेरे लिए लिए हाँ तुम लोग का ब्लॉग ले रहा हूँ तुम लोग कुछ हरकतें करोगे इसके लिए अभिषेक शादी करेगा ना तो क्या बोल बोलो शादी करेगा ना तो इधर पे सस्ता रूम मिलेगा ट्रेडिंग भी कर सकता आराम से हर जगह जगह इधर इधर कितना टावर लगा पे बच्चे लोग क्रिकेट भी खेल रहे आवाज मत तो कोई कुत्ता आ जाएगा तो नहीं बहुत है। नहीं हाँ ये बहुत बहुत ये अपने बनेगा अभी टाइम है है बढ़िया यहाँ पे खरीदे तो नहीं की यहाँ <laughs> से वहाँ कुछ जाते हैं ना डायरेक्ट से <laughs> यहाँ से चलो भी <laughs> ए, <पत्टर>! <laughs> <laughs> पत्थर पत्थर ओ नहीं था। वो का <laughs> देख इधर पे भी पहाड़ आ रहे इधर पे भी पहाड़ आ रहे <laughs> और इधर चलो अभी कहाँ जाने का जगह कैसे जगह तुम बताओ मेरे को क्या है मेरे को बस रात में जगह मिली घूमने वाला वाला फेक वाला फेक, पानी। फेक पानी। पानी। अच्छा इसके ऊपर रख के बोला ऐसे मत फोड़ ए रुक रुक यार रखा हट जाओ खेले पे रख रख के मारना खिले पे रखना चला हाथ में घुस जाएगा उसको माटी बन गया का पानी था। चल कुछ काम का नहीं है चल और वो इंग्लिश दे दो ठंडा कुछ एक वो ऑरेंज वाला जो इसको पानी खोल ठंडा है ना नॉर्मल है तो बहुत पहले वो पानी खोल पानी पीऊँगा वाइस अभी जो हम लोग जब पहाड़ पे गए थे घूम के आए और अभी जो है ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर जाना है फ़ोन लेने के लिए अपने जो मेरा बड़ा वाला भाई है उसका फ़ोन लेना है वो वो मेरे लिए ब्लॉग पसंद आया पसंद आया तो लाइक कॉमेंट चैनल पे। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। अपना एम 10 के सब्सक्राइबर है वो 10 के सब्सक्राइबर एक बार कम्प्लीट हो गया तो उसके बाद अपनी गाड़ी भी आ जाएगी क्योंकि वहाँ से मतलब टेन के सब्सक्राइबर से अपना अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो फिर गाड़ी का एम भरने को कोई टेंशन नहीं रहेगा तो एम कंप्लीट करते हैं फटाफट फड़ से तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बस